हम अकेले नहीं हमारा चेला भी साथ में मंत्र मारेगा चलो मारते ओम नौन। नौन। गई छाती से सस्ते मारतेमान सिंह ओम लौंिया लंदन से लाएंगे अरे कौन अरे अभी कौन भूलती है हमारा तपस्या इसी मारेंगे मंत्र जल कर भसम हो जाओगे कंटिन्यू करते अपना मंत्र चलो ओम ओम बिंग बिंग छाती से सस्तेर से सस्तेर से सस्तेर से सस्ते सस्ते सस्ते ने ने चलो लोन्डिया आह लोडिया लंदन से लाएंगे रात भर ए चलाएंगे ओम ए डब्ल्यू एम मिल जाए नमा ओम गुरोजा मिल जाए नमा ओम भट्ट सुहा देते क्या मिलता अरे अबे